करनी है है है मैं मैं आपको आपको बताऊंगा बताऊंगा क्या क्या खाना नहीं खाना नहीं और क्या लेना है मैं भी डिटेल में देखिए एडी का दर्द तब होता या फिर टन बहुत ज्यादा खिंचा है ये हमारी धनुष की तरह से होती है धनुष क्वेश्चनिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे खिंचाव ज्यादा हो जाएगा तो उससे फिर दर्द होता है इसके दो तीन कारण होते हैं या तो बहुत देर तक खड़े रहना है किसी को मानो लेडीज यहाँ काफी लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रहना है या फिर वजन बहुत ज्यादा है किसी का या फिर किसी ने रनिंग अपनी शक्ति से ज्यादा कर ली बिना वार्म अप के बिना वार्म करना बड़ी अच्छी बात है लेकिन पहले वार्म अप करें पहले वॉकिंग करें फिर रनिंग करें उससे फिर दर्द नहीं होगा तो ये तो हम कारण ठीक करने पड़ेंगे उसके अलावा इसका समाधान कैसे करें देखिये एक तो ये चीजें खानी नहीं जो वायु और भोजन आयुर्वेदिक मैं बताया आयुर्वेद में कि जिससे वायु ज्यादा बढ़ जाती है राजमा छोले पनीर मटर उड़द ये या ज्यादा ज्यादा में इसका उपयोग या फिर चार व्हाइट पाइजन चीनी नमक मैदा का ज़्यादा उपयोग या फिर ये शराब बीड़ी वगैरह इस तरह की चीजें जो नुकसानदायक हैं, इसके बदले में जो हमें लेना पड़ेगा इसको शांत करने के लिए दर्द को शांत करने के लिए मेथी का उपयोग बहुत अच्छा रहेगा मेथी रात को आधी चम्मच भिगो दी दिन के खाने से पहले ले ली सुबह भिगो दी शाम खाने से पहले ले ली या फिर मेथी काली जीरी और अजवाइन इनका पाउडर बना के थोड़ा सा भून के पाउडर बना के ये भी पौना पौना चम्मच सुबह शाम वाय पानी के साथ लेते हैं जब दूध में तो दूध में या दो वाई विडंग वाइब डंगे के चार दाने डाल के पिए या फिर हल्दी आधी चम्मच हल्दी डाल के ले लें उससे फिर दर्द नहीं होगा या फिर हरिद्रा खंड आता है पतंजलि का हरिद्रा खंड आता है एक ये भी डाल के ले सकते हैं और जिनका वजन ज्यादा हो तो वजन कम करने के लिए मेदोहर वटी और त्रिफला गुगल वटी ये एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं और जब दर्द है तो दर्द के लिए एक तो एक्सरसाइज करें जैसे की धीरे धीरे करके बॉल है बॉल से एडी के आर्स को ठीक करना यहाँ की जो फेसिया हो फ्लेक्सीबल बनाना कस खस के ऐसे दबाना ऐसे या फिर कोई रोलर है रोलर को रख लिया इसके नीचे धीरे धीरे करके दबाओ सो में ऐसे एक एक्सरसाइज करनी है ऐसे दस दस बार हम कर सकते हैं एक पैर की एक्सरसाइज भी करें करके दिखाओ सो में ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ऐसे करना और फिर ऐसे दबाना ऐसे ऐसे अपने हाथ से भी दबा के देखो ऐसे ऐसे ऐसे और फिर यहां के मूवमेंट अगर यहां दर्द है तो अकेले स्टैंड के उसके लिए ये एक्सरसाइज बाकी योग करना सूक्ष्म व्यायाम करना योग के उसे भी फायदा होगा अनुनोम प्राणायाम करने से भी बात शांत होता है वायु शांत हो जाती है प्राणायाम का भी लाभ होता है दूसरा जो दर्द है तो उसके लिए आग का पता ले लें जिससे कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आग का पता ले लें आग के पत्ते को तवा है जैसे तवा इसके बैक साइड में गर्म करके इसको गर्म कर लें और इसमें अरंड का तेल ये डाल दें जैसे एक चम्मच तेल डाल दिया हमने एक डाल दिया और थोड़ा सा अरंड के तेल में थोड़ा चूना और थोड़ी हल्दी मिला दी जैसे ये तो करके इसको सेक लिया आपने पे गरम करके दोनों तरफ से सेक लें तेल लगा के टाइम लेगा इसमें तो थोड़ी हल्दी और थोड़ा चूना और थोड़ा सा अजवाइन भी मिला सकते हैं इसमें ऐसे मिला के और इसको जहाँ पे दर्द है वहाँ पे लगा के फिर आग का पत्ता बांध दें उसके रात भर आग का पत्ता ये, ये ऐसे लगा के सपोज यहाँ दर्द है तो यहाँ लगा दें ऐसे हल्दी और अगर पीछे है तो पीछे लगा के फिर आग का पत्ता बांध के सो जाए ऐसे सो सकते हैं इससे फिर सुबह तक काफी दर्द में आराम मिलेगा वैसे लॉन्ग टर्म में ऐसे दर्द ना हो तो उसके लिए लाइफ ठीक रखें कि रात को तो जल्दी सोएं सुबह जल्दी उठ जाए सुबह जल्दी उठकर योग भी करें और पूरी बॉडी की भी तिल के तेल से मालिश करें तो बड़ा अच्छा रहेगा मीटी का उपयोग कर ले तब तक ना खाए जब तक की हमारी सुबह की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी ना हो अगर सुबह आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है हम दो तीन चार किलोमीटर की रनिंग तभी हम वायुवर्धक चीज़ खा सकते हैं उड़द राजमा छोले चनी मटर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है वो अगर वायुवर्धक चीज़ खाएंगे, तो फिर तो एडी में दर्द ज़्यादा हो सकता है बाकी मैं तो लाइव रेगुलरली होते ही रहता हूँ और बड़े सारे लोगों की क्वेरी थी कि डॉक्टर साहब एडी का दर्द हो तो क्या करें तो वैसे एलोपैथी में तो पेन किलर होती हैं डिक्लोफेनैक की दवाइयाँ होती हैं और फिर पेन जेल भी आती है डिक्लोफेनाक की जेल आती है लगाने के लिए वैसे इमिडिएट रिलीफ के लिए पतंजलि की भी आयुर्वेद की भी जेल आती है पीड़ानतक वटी आती है तो हफ्ते दस दिन के लिए पीड़ान्तक वटी एक एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं और पीड़ान्तक जेल भी लगा सकते हैं उसे भी मिल सकता है मैं चाहता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन को आप सब लोगों को शेयर करें जैसे कि जो भी नीडी है वो घबराए ना क्योंकि नहीं तो अगर इसका प्राथमिक उपचार ना करें इसका कारण ठीक ना करें तो फिर स्टीरोड के इंजेक्शन एडी में लगाने पड़ते हैं चारों तरफ से स्टीरोड के इंजेक्शन या पीआरपी पी, वो करना पड़ता है फिर या फिर जेल सिलिकॉन जेल लगा लगा के काम चलाना पड़ता है तो जड़ से ठीक करें जिससे कि मूल कारण ठीक हो वायु वाद पित और कफ का बैलेंस ठीक रखें वाद कफ का बैलेंस ठीक रहेगा फिर इस तरह के दर्द नहीं होते तो जैसे सोम्या है डेली एरोबिक्स करती है बहुत ज़्यादा सुबह जो भी करती है तिल के तेल से मालिश भी हम समय समय पर करते हैं तो इसको इस तरह की बीमारियाँ हो ही नहीं सकती और वजन भी इसका बड़ा ही नॉर्मल है तो वजन को भी बढ़ने ना दे बिल्कुल तो जिससे कि आगे से धंधा हो और मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को शेयर करें जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं थैंक यू